वेलकम बैक गाइस ट्रिपल सी कंप्लीट कोर्स का ये चौथा वीडियो है दो वीडियो और आएंगे अभी इतने में ही ट्रिपल सी लगभग कंप्लीट हो जाएगा अगर आप बढ़िया तरीके से इसको देखते हैं और पढ़ते हैं तो लगभग कंप्लीट ही है कोर्स तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा पहला क्वेश्चन है एक कम्प्यूटर में वायरस के छिपने की जगह कहाँ होती है एप्लीकेशन प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम ए एंड बी डिक्स ड्राइवर तो जो वायरस के छिपने की जगह होती है वो एप्लीकेशन प्रोग्राम में भी होती है और ऑपरेटिंग सिस्टम में भी होती है तो हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा नेक्स्ट देखते हैं ऐसी प्रौद्योगिकी जिसमें यूज़र को ऐसा महसूस होता है कि वह आभासीय वातावरण में है वीआर आर ए एक्स आई आर, नन तो इसका राइट आंसर है वी आर. मशीन की मानवीय बुद्धिमत्ता का परीक्षण किया जाने वाला क्षेत्र है मनोविज्ञान है कॉग्निटिव विज्ञान है समाजशास्त्र है इतिहास समाज है, है तो मशीन की जो मानवीय बुद्धिमत्ता का परीक्षण किया जाता है वो कॉग्निटिव विज्ञान के अंतर्गत आता है कॉग्निटिव विज्ञान सिखाता है हमको तो नेक्स्ट है बिग डाटा एनालिस्टिक की विशेषता है ओपन सोर्स स्केलेबिलिटी डाटा रिकवरी ऑल तो इसका राइट right आंसर है ऑल ये बिग डाटा जो एनालिस्टिक्स है वो इन तीनों में इन तीनों की ही विशेषता है नेक्स्ट है वायरस कौन बनाता है प्रकृति बनाती है मानव बनाता है मशीन बनाती है या ये सभी बनाते हैं तो जो वायरस है वो मानव बनाता है राइट right आंसर सी हो जाएगा इनमें से कौन सा एम प्रोटोकॉल को सुपरिभाषित करता है रिक्वेस्ट रिस्पांस, मैसेज नेटवर्किंग पब्लिस सब्सक्राइब मशीन टू मशीन तो इसका राइट आंसर है पब्लिस और सब्सक्राइब नेक्स्ट है ब्लॉक चैनल ब्लॉक से क्या आशा है या ब्लॉक चैनल ब्लॉक क्या है हाईएस्ट पॉइंट है आ टाइम स्पैम आ ट्रांसैक्शन डाटा ऑल तो इसका राइट right आंसर है ये तीनों ही ब्लॉक हैं ये तीनों ही ब्लॉक चैनल है हाइएस्ट पॉइंट है आ टाइम स्टैम्प है और ट्रांजेक्शन राइट आंसर डी हो जाएगा नेक्स्ट देखते हैं मशीन की मानवीय बुद्धिमत्ता का परीक्षण किस क्षेत्र में किया जाता है कोग्नेटिव विज्ञान ये अभी नहीं क्वेश्चन रिपीट हो गया है गलती से मुझसे खैर छोड़िए दूसरा देखते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स से संबंधित नहीं है क्षमता निजीकरण साइबर सुरक्षा डाटा स्टोरेज मानक तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स से संबंधित नहीं है वो है क्षमता राइट आंसर ए नेक्स्ट है टोरेजेन क्या है कंप्यूटर वायरस है एंटी वायरस है हाई लेवल प्रोग्राम है नन है तो इसका राइट right आंसर है टोरोजोन जो होता है वो एक कंप्यूटर वायरस होता है राइट right आंसर इसका ए हो जाएगा पासवर्ड का उपयोग किसके लिए किया जाता है रियाईबिलिटी के लिए परफॉर्मेंस के लिए लंबी अवधि के लिए सुरक्षा के लिए तो जो पासवर्ड का उपयोग है वो आप सभी जानते हैं कि हम सुरक्षा के लिए उपयोग करते हैं कंप्यूटर वायरस है टोरोजोन हॉर्स अभी देखो आया था टोरोज़न क्या है ठीक तो ये तो सही मिल गया आंसर लेकिन और भी देखते हैं रैंसम है मलवेयर है ऑल तो ये तीनों ही जो है वेयरवेयर वो तीनों ही कंप्यूटर वायरस हैं टोरोजन तो हम पहले ही देख चुके हैं ठीक नेक्स्ट देखते हैं निम्न में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है अपलोड साइबर स्पेस मोडम प्रकाशी भंडारण तो जो सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है वो है प्रकाशी भंडारण ठीक बाकी अपलोड साइबर स्पेस और मोडम ये तीनों ही सूचना प्रौद्योगिकी है इंटरनेट पर उपयोगकर्ता गतिविधि पर नज़र रखता है और उसकी जानकारी को किसी और को संचालित करता है मेलवेयर है एडवेयर है स्पाईवेयर है इनमें से कोई नहीं तो जो इंटरनेट पर उपयोग करता गतिविधि पर नज़र रखता है वो स्पाईवेयर कहलाता है राइट आंसर इसका सी हो जाएगा फायरवॉल का प्रयोग डॉट डॉट है से बचाव के लिए किया जाता है फायरवॉल का उपयोग क्या है और किस बचाव के लिए किया जाता है तो डेटा चलित हमले हैं अधिकृत हमले हैं आग का हमला या नन है तो जो फ, आ, फायर है उसका प्रयोग अधिकृत हमले से बचाव के लिए किया जाता है राइट आंसर इसका बी हो जाएगा नेक्स्ट देखते हैं आपको एक एसएमएस भेजकर आपके मोबाइल से पैसे काट सकता है कोई आपको एक एसएमएस भेजे और आपके पैसे काट ले उस एसएमएस के जरिए आप उसकी लिंक उसमें दिया रहता है उस पर क्लिक करेंगे आपकी सारी डिटेल उसके पास पहुँच जाएगी फिर वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है तो वो कौन होता है क्या होता है वो देख लेते हैं एस एम एस से वायरस होता है एक आई एम टोरेजेंस ब्लैक डोर टोरेजेंस रैंसम टर्जेंस इसका राइट आंसर है एस क्योंकि उस पर ऊपर ही क्वेश्चन पे दिया गया है एस तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा की लॉगर है स्पाईवेयर है फर्मवेयर है एंटीवायरस वायरस है उपरोक्त सभी तो जो की लॉगर होता है वो स्पाइवेयर होता है राइट आंसर इसका ए हो जाएगा एक प्रोग्राम या हार्डवेयर डिवाइस जो इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से आने वाली सूचनाओं को किसी नेटवर्क किसी नेटवर्क या ये गया नहीं है या कंप्यूटर सिस्टम में फिल्टर करती है एंटी है फायर है कुकीस है साइबर सेफ्टी है तो वो फायरवॉल होती है राइट right आंसर इसका बी हो जाएगा नेक्स्ट देखते हैं एफएसपी, यानी कि फ्यूचर स्किल पोर्टल कब शुरू हुआ 9 फरवरी 2018, 10 फरवरी 2010, 29 फरवरी 2018, 19 नवंबर 2018। तो जो एफएसपी है ना वो 10 फरवरी 2010 को शुरू हुआ था इसका राइट आंसर बी एक कंप्यूटर वायरस होता है फफूंद होता है बैक्टीरिया होता है आई सी सेवन थ्री फोर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम तो जो कंप्यूटर वायरस होता है ना वो सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है इसका राइट आंसर डी हो जाएगा क्लाउड कंप्यूटिंग के द्वारा डॉट डोट द्वारा आप जानकारी तक पहुंच सकते हैं योर डेस्कटॉप स्मार्टफोन्स वीडियो गेम सिस्टम्स ऑल। तो इसका राइट right आंसर है तीनों ये तीनों ही डेस्कटॉप में भी पहुँच सकते हैं स्मार्टफोन्स और वीडियो गेम सिस्टम्स इसका राइट right आंसर डी हो जाएगा ए एल का प्रयोग किस पीढ़ी में हुआ जो ए एल है उसका प्रयोग किस पीढ़ी में हुआ प्रथम पीढ़ी में हुआ चतुर्थ पीढ़ी में हुआ पंचम पीढ़ी में हुआ नन तो इसका ए एल का प्रयोग पंचम पीढ़ी में हुआ था राइट आंसर इसका सी हो गया मेलवेयर क्या है मेलवेयर क्या है सॉफ्टवेयर है हैकर इसका इस्तेमाल करते हैं चोरी करने के लिए अपना हमारा जो डाटा होता है उसको चोरी करने के लिए हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है या और तो मेलवेयर एक सॉफ्टवेयर है इसका उपयोग हैकर करते हैं डाटा चुराने के लिए और ये हमारे कम्प्यूटर को नुकसान पहुँचाता है ये तीनों ही बातें सही हैं इसका राइट आंसर डी हो जाएगा क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड का अर्थ क्या है लॉक इंटरनेट हार्ड ड्राइव वायरलेस तो क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड का अर्थ इंटरनेट होता है राइट आंसर बी आई डिवाइस को संदर्भित करने का अन्य तरीका कौन सा है कनेक्टेड, स्मार्ट दोनों कोई नहीं तो कनेक्टेड और स्मार्ट दोनों ही आई डिवाइस को संदर्भित करने का तरीका होता है राइट आंसर सी सोचने तर्क करने और सीखने में सक्षम कंप्यूटर प्रणाली की विशेषता कौन सी है मशीन इंटेलिजेंस वर्चुअल इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन इंटेलिजेंस तो इसका राइट right आंसर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सी नंबर बिटकॉइन डॉट डॉट ब्लॉकचेन पर आधारित है प्राइवेट स्वीकृत पब्लिक पब्लिक स्वीकृति तो बिटकॉइन जो है वो पब्लिक ब्लॉकचेन पर आधारित होती है राइट आंसर सी ब्लॉकचेन है ब्लॉकचेन है क्या पीयर टू पीयर नेटवर्क पर वितरित एक लेजर एक एक्सचेंज एक प्रकार के क्रिप्टो करेंसी एक केंद्रीय लेजर तो इसका राइट आंसर है पीयर टू पीयर नेटवर्क पर वितरित एक लेजर है ब्लैक्स एम राइट आंसर ए प्रथम स्वीकृत आईओटी डिवाइस का नाम था एटीएम, रेडियो वीडियो गेम स्मार्ट वॉच तो जो प्रथम स्वीकृत आईओटी डिवाइस था वो रेडियो था बहुत पहले के समय की बात है राइट आंसर बी निम्न निम में से एंटीवायरस प्रोग्राम कौन कौन से होते हैं के सेवन क्विक हील नोटन और तो जो एंटीवायरस प्रोग्राम होते हैं वो ए सेवन सॉरी के सेवन क्विक हील नोटन ये तीनों ही होते हैं इसका राइट आंसर डी हो जाएगा क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा ही है स्थानीय कंप्यूटर की तुलना में कम खर्चीला और सुरक्षित है जब तक आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है आप दुनिया किसी भी कंप्यूटर में अपने डेटा तक पहुंच सकते हैं केवल कुछ ही छोटी कंपनियां निवेश कर रही हैं जिससे यह जोखिम बड़ा बन गया ऑल तो इसका राइट आंसर है जब तक हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन है हम दुनिया किसी भी कंप्यूटर से अपने डेटा तक पहुँच सकते हैं राइट आंसर भी आई में किन जोखिमों और चुनौतियों पर विचार किया जाना चाहिए प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी एनर्जी एंड कंजन नेटवर्क कॉन्जन ऑल तो आईओटी में किन जोखों और चुनौतियों पर विचार किया जाना चाहिए तो ये तीनों ही आंसर सही है हमारे राइट आंसर डी हो जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किससे संबंधित है मशीन को बुद्धिमान बनाना अपनी सोच कंप्यूटर में रखना अपने बुद्धिमानी से की गई प्रोसेसिंग गेम खेलना तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होता है वो मशीन को बुद्धिमान बनाने के लिए काम करती है राइट आंसर ए का मुख्य काम है मूविंग कॉपिंग मॉनिटरिंग डिलीटिंग तो फिर का जो मुख्य काम होता है वो मॉनिटरिंग होता है मॉनिटरिंग करना राइट आंसर सी डेटा और पासवर्ड की सुरक्षा कौन करता है इंक्रिप्शन करता है ऑथोरिजेशन ऑथोरीजेशन ये डबल बार मुझसे गलती से ऑप्शन में दे दिया गया है और लास्ट है नॉन रेपोडेशन तो इसका राइट आंसर है इनक्रिप्स ए क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम के दो मुख्य खंड हैं टर्मिनल और नोड्स फ्रंट एंड बैक नेटवर्क और सर्वर इनमें से कोई नहीं तो क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम के दो जो मुख्य खंड होते हैं वो फ्रंट एंड बैक होता है राइट आंसर बी मोबाइल बैंकिंग से संभव है खातों की बचत राशि देखना बिजली बिल भुगतान फ़ंड ट्रांसफ़र ऑल तो मोबाइल बैंकिंग से हम तीनों ही काम कर सकते हैं इसका राइट आंसर डी हो जाएगा बैंक द्वारा ब्याज दिया जाता है किस चीज़ पर लोन्स पर डिपॉजिट पर ट्रांजेक्शन्स पर विड्रॉ पर तो बैंक द्वारा जो है ना ब्याज दिया जाता है वो डिपॉजिट पर दिया जाता है राइट आंसर भी हमें बैंकों की ज़रूरत होती है क्यों उधार लेने हेतु रुपए सुरक्षित रखने हेतु ब्याज प्राप्त करने हेतु उपरोक्त सदी तो हमें बैंक की ज़रूरत उधार लेने के लिए भी पड़ती है रुपए सुरक्षित रखने के लिए भी पड़ती है ब्याज प्राप्त करने के लिए भी पड़ती है ब्याज तो मिल ही जाता है अगर हम डिपॉजिट करते हैं तो ये राइट आंसर इसका उपयुक्त सभी हो जाएगा डी नंबर निम्न में से कौन सा पहचान किस सत्यापन से संबंधित दस्तावेज है ड्राइविंग लाइसेंस पासपोर्ट पैन कार्ड ऑल तो ये तीनों ही हमारे पहचान से सत्यापन मतलब पहचान के सत्यापन के लिए उपयोगी होते हैं इन तीनों से ही हमारी पहचान हो जाती है हम कौन हैं कहाँ के हैं तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा एटीएम डेबिट कार्ड पर मुद्रित संख्या में कितने अंक होते हैं बारह होते हैं चौदह होते हैं सोलह होते हैं दस होते हैं तो जो एटीएम का जो डेबिट कार्ड होता है उसमें सोलह अंक होते हैं राइट आंसर सी आरटीजीएस में टी का क्या अर्थ है टी टाइम टुडे ट्रांसफर तो आरटीजीएस में टी का अर्थ टाइम होता है राइट आंसर बी आधार क्या है यूआईडीआई द्वारा जारी पहचान पत्र बारह अंकों का संख्या कार्ड एक बचत घाता एंड बी तो आधार जो है वो यूआईडीआई द्वारा जारी किया पहचान पत्र होता है एक नंबर हो गया बारह उसमें बारह अंक भी होते हैं ये दो नंबर हो गया तो हमारा राइट आंसर डी हो गया ए और बी केवाईसी के लिए दस्तावेज़ है आधार नंबर पासपोर्ट पेन ये सभी तो केवाईसी के लिए जो दस्तावेज़ होते हैं ये तीनों ही आधार नंबर भी ज़रूरी है पासपोर्ट भी और पेन तीनों ही राइट आंसर डी क्यू कोड का प्रयोग पहली बार कब हुआ था 1990 सौ नब्बे 1995 तो क्यू कोड का जो प्रयोग है पहली बार हुआ था वो उन्नीस में हुआ था राइट आंसर सी क्रेडिट करना किससे संबंधित है बैंक में पैसा जमा करना पैसे निकालना डेबिट नन ऑफ दीज बैंक में पैसा जमा करने को क्रेडिट कहते हैं राइट आंसर ए आईटीजी कैश किस बैंक द्वारा अधिकृत मोबाइल वॉलेट है फाइन फाइनेंस मिनिस्ट्री एसबीआई, आरबीआई, जीओआई. तो इसका राइट right आंसर है आरबीआई. जो आईटीजी कैश है वो आर बी बैंक द्वारा अधिकृत मोबाइल वॉलेट है इसका राइट आंसर सी हो जाएगा मिस्ट्रो कार्ड नंबर कितने अंक के होते हैं बाईस अठारह उन्नीस बीस तो जो मिस्ट्रो कार्ड नंबर होते हैं ना वो उन्नीस अंक के होते हैं राइट आंसर सी क्रेडिट कार्ड को और किस नाम से जानते हैं सॉफ्ट मनी इजी मनी हार्ड मनी प्लास्टिक मनी तो जो क्रेडिट कार्ड होता है उसे प्लास्टिक मनी से जानते हैं राइट right आंसर डी चिकित्सालय में ऑनलाइन पंजीकरण किसके माध्यम से होता है इंटरनेट कॉल, एस एम तो जो चिकित्सालय में ऑनलाइन पंजीकरण होता है वो एच के माध्यम से होता है राइट right आंसर डी बैंक बचत जमा पर ब्याज दिया जाता है प्रतिमाह तिमाही अर्धवार्षिक वार्षिक तो so, जो बैंक है ना वो डिपॉज़िट पैसे पे ब्याज देती है तिमाही में हर तीन महीने में इसका राइट आंसर है बी क्यूआर कोड को कवर किसने विकसित किया था डेन्सो वेव उन्नीस सौ मार्क डेनिस उन्नीस सौ पंचानवे डेंसो मार्क उन्नीस सौ पचानवे रिचर्ड्स डेनिस उन्नीस सौ तो अट्ठानवे इसका राइट आंसर है डेंसो वैव उन्नीस ए नंबर इन्होंने क्यू को विकसित किया था डेंसोवेव ने उन्नीस में क्यू कोड में कितने नंबर संग्रहित किए जा सकते हैं एक हज़ार चौबीस पाँच हज़ार अट्ठाईस कोई नहीं तो इसका राइट आंसर है सात सी क्यू आर कोड में कितने अल्फा न्यूमेरिक वर्ड संग्रहित किए जा सकते हैं बयालीस छियानवे पचास अट्ठाईस सत्तर एट्टी दस हज़ार तो क्यू आर क्यू कोड है उसमें अल्फ़ा न्यूमेरिक वर्ड बयालीस सौ इंक्लूड किए जा सकते हैं इसका राइट आंसर ए पॉकेट किस बैंक के द्वारा शुरू किया गया था एच डी एफ सी पी एन बी आई सी तो जो पॉकेट है वो आई बैंक द्वारा शुरू किया गया था इसका राइट आंसर सी एटीएम से क्या आशा है बैंकों की शाखाएँ बैंकों में स्टाफ मुफ्त युक्त काउंटर बिना स्टाफ के कैश देना इनमें से कोई नहीं एटीएम जो होता है वो ना ही बैंक की शाखा होती है और ना ही स्टाफ मुक्त युक्त काउंटर होता है वो ए क्या होता है बिना स्टाफ के कैश देने वाली एक मशीन होती है राइट right आंसर सी नबार्ड किससे संबंधित है एन बी आर डी किससे संबंधित है नाबार्ड किससे संबंधित है बैंक ऋण देने वाली संस्था संस्था ऋण लेने वाली संस्था इनमें से कोई नहीं तो जो नाबार्ड है वो ऋण देने वाली संस्था से चार पाँच छोटे ओ टी पी जारी करता है उसमें आठ अंक होते हैं राइट आंसर डी वो गलती से मुझसे मिस्टेक हो गई है जो ये बैंक द्वारा जारी ओ होता है उसमें संख्याएं छः ही होती हैं छः संख्याओं का ओ होता है गलती से मुझसे आठ निकल गया उसके लिए मैं वापिस आता हूँ बैंक द्वारा जो ओ होता है उसमें छः अंक होते हैं नेक्स्ट है रुपए को एक रुपये को एक जगह से दूसरी जगह भेजने का सुरक्षित माध्यम है डिमांड ड्रॉट चेक दोनों कोई नहीं तो इसका राइट आंसर है डिमांड रोड और चेक दोनों ही। राइट आंसर सी भारत में प्रथम एटीएम लगाया गया था 1980, 1985, 1987, 1990। भारत में प्रथम एटीएम लगाया गया था 1987 में राइट आंसर सी यूपीआई की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी यू आई डी ए बोथ नन इसका राइट आंसर है एन पी मोबाइल बैंकिंग सेवा है भुगतान बैलेंस की जांच, खाता लेन देन और प्रयुक्त सभी मोबाइल बैंकिंग सेवा तीनों ही है तीनों में ही काम आती है राइट आंसर डी क्यूआर कोड क्या होता है क्विक रिस्पॉ क्विक रजिस्टर कोड क्विक रिस्पांस कोड क्विक रैंडम कोड नैन ऑफ देर क्यू आर का मतलब होता क्यू आर कोड का मतलब होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड राइट right आंसर बी आई कोड में कितने अंक होते हैं ग्यारह चौदह सोलह पंद्रह तो जो आई कोड होता है उसमें ग्यारह अंक होते हैं राइट आंसर ए सो थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें लाइक करें या ना करें सब्सक्राइब ज़रूर कर लें प्लीज़